सिंगरौली में करौटी क्रिकेट प्रीमियर लीग सत्र का आयोजन किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मैच का लुफ्त उठाया इस मौके पर विधायक रामलल्लू लल्लु ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी विधायक रामलल्लू वैश के मुख्य आतिथ्य में करौटी क्रिकेट प्रीमियर लीग सत्र सिक्स का आयोजन किया गया मैच को देखने बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे विधायक रामल्लू वैश्य ने सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सरपंच करौटी मेघनाथ वैश्विक बद्री नारायण वेस्ट डायरेक्टर माया राम महाविद्यालय मैडोली के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें अपना प्रदर्शन करेंगी हम और हम लोग भी अपना और आप है वहां वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें